अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ या तुम मुझसे जलते हो तो मैं लिस्ट में तुम्हारा स्वागत करता हूँ लाइन में पीछे जाकर खड़े हो जाओ हमारा अपना भी एक रुतबा है जनाब कि आप कोई भी हो हमें घंटा भर नहीं पड़ता तुम्हें मेरी जितनी बुराई करनी है कर लो मेरी मानो तो चीख चीख के अपना गला फाड़ लो और अगर है तुम तो आओ भला मेरे सर का एक बाल भी उखाड़ लो दो पौड़ी के लोग अपनी औकात भूल जाते हैं कि दो पौड़ी के लोग अपनी औकात भूल जाते हैं हमने जिन्हें दुनिया दिखाई वो आज हमें आंख दिखाते हैं। कुछ कल के पैदा हुए बच्चे हैं जो मेरे बारे में मुंह चला रहे हैं जिन्हें मेरा नाम भी इज्जत से लेना नहीं आता वो मुझे इज्जत के बारे में बता रहे हैं डीआरएक्स का मतलब इन सबको समझा दो और इस बार इज्जत दी गई है अगली बार ले ली जाएगी इनके कानों में भर दो ऊपर से लेके नीचे तक एक से लेके सक सब को टैग कर दो बार बिखर कर सिमटने वाला हूं। मैं और भी तेज हवाओं से निपटने वाला हूँ और मुझे कमजोर ना समझना दुनिया दुनिया वालों, वालों। और मुझे कमजोर ना समझना दुनिया एक दिन इन हवाओं का रुक मैं बदलने वाला हूँ बेटे दोस्त बनकर समझा रहे हैं समझ जाओ वरना बाप बनकर समझाने आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ तुम्हारे संपर्क है ना वहाँ हमारे संबंध है तेरा वापसे जलते हो तो अपनी जलन को थोड़ा कम रखना क्योंकि मेरी वजह से लोग इंस्पायर कम एक्सपायर ज्यादा होते हैं हो तुम लोग मेरे पीठ के पीछे इस बात से कोई हैरानी नहीं और तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो इसके पीछे की कहानी नहीं ये जो तुम चार किताबें पढ़कर मुझे सिखाने चले हो तुम और तुम्हारी किताबें दोनों फाड़ दिए जाओगे बड़े भ्रष्टाचारी हैं बेटा पंगा ना लो नाक में दम कर देंगे कि बड़े भ्रष्टाचारी है तुम्हारी तुम सोच कैसी है इसलिए कह रहे हैं हमसे थोड़ी नरमाई से बात किया करो माना शक्ल अच्छी नहीं है कम से कम बात तो अच्छी किया करो इतनी इतनी इतनी अकड़ अकड़ किस किस बात बात बात बात की की ऐसी ऐसी तो तो कोई कोई नहीं नहीं और हम तुम्हारे तुम्हारे मुंह लगे तुम्हारी औकात नहीं तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो जरा अपना मुंह संभालो वरना बीच में से फाड़ दूंगा और आसमान में तो ज्यादा उठे थोड़ा जमीन पे रह लो वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गा। अगर कोई पीठ के पीछे भौंके तुम्हारे तो पीछे से नहीं सामने से उसका मुंह तोड़ दो। और अगर शेर की तरह धार है तो बेटा कुत्तों की तरह ना भौंकना छोड़ दो। कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता और तुम्हे मेरी पीठ पीछे जितना भोंकना है भोंक लो मैं सर्कस का नहीं जंगल का शेर हूँ मैं कुत्तों से नहीं डरता हम पबजी वाले हैं साहब कि भैया हम पबजी वाले हैं। हमें ब्यूटीफुल नहीं चाहिए। कि एक दोस्त है मेरा बोट के नाम पर जैसे याद किया जाता है और क्या कहूँ मैं उसकी तारीफ में बस हेल्प चिल्ला दो और वो बेचारा रिवाइव के लिए खुले में भागता हुआ नजर आता है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 <laughs> बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या है ये इधर पट्ट सेट शॉर्ट